तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में फॉर्मेट क्रिएशंस। फॉर्मेट क्रिएशन में हम एक फॉर्म आपके साथ बनाने वाले हैं। जैसा फॉर्म दिख रहा है ना सेम फॉर्म बनाने की कोशिश हम करेंगे सर। अब फॉर्म की जरूरत मेरी इस तरह की जरूरत क्यों पड़ती है जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि हमें कोई भी रिपोर्ट बनाना होता है तो उस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट ही तैयार करते हैं जैसे आप सामने दिख रहा है आपको यहाँ फॉर्मेट रिपोर्ट्स है तो सबसे पहले जो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना सर तो हम एक एरिया बैकग्राउंड में ले लेते हैं एक ज्यादा ही ले लेते हैं बाद में इसको हम हटा देंगे और मैंने कलर नहीं नहीं है आ, ए। इसके बाद हम यहां पे ये ये जो आपको दिख रहा हो ग्रे कलर जितना एरिया में, में रखना है उसको हम ग्रे कलर देते बाद में जो कम है और ज्यादा ज्यादा होगा उसको हम मूव कर देगा ठीक है सर ठीक अब ये जो रेस्ट लिखा हुआ है इसके लिए हम सेल को मॉन्च करते हैं लेकिन लाइनिंग है ना तो अच्छा, लाइन हम ले लेंगे सुपर से फिलहाल हमें डैस हमें सिंगल कोड लगाना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस से क्या होता है आपका आ, फॉर्मूला जाता है इसलिए वो फॉर्म ला कर लिस्ट आ रहा था हैं अब इसको हम यहाँ से बड़ा करते हैं ये ज्यादा हो गया अब यहाँ पे एक चीज और है सर कि ये जो आपका ये ये दिख रहा है ना एक जो इसकी कलर जो है ग्रे होना चाहिए था। हम्म तो ठीक है ब्लैक बट सर तो किसी भी हाँ। सेल के अंदर पर्टिकुलर वन करेक्टर को मैं एक करेक्टर को कर सकते है एक ही सेल में हम कर रहे हैं ना दो तरह के कलर ये चीजें आप कर सकते हैं आगे। आगे। और इसके बाद यहां स्लोगन है तो हम इसको मर्ज करते हैं और यहां हम देते हैं क्रिएट क्रिएट योर उंट फ्री एंड ओनली टैक्स ए मिनट और सबसे पहले तो इसको हम आ, यहाँ इस ये हो जाएगा चेंज की दिक्कत नहीं है कलर चेंज कर देते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट कलर कलर है ये कलर हमारा अब बात करते हैं नेम तो इसको बहुत छोटा करेंगे और इसको थोड़ा करेंगे बड़ा और इसको करेंगे और थोड़ा सा इसके कलर कर देंगे व्हाइट व्हाइट के साथ वापस हम फ़ॉन्ट में आते हैं बॉर्डर में आते हैं और इस बॉर्डर में हम यहां से बॉर्डर का जो कलर है वो इस ग्रे कलर का हम लेते हैं और हम इसको चारों तरफ से दे देते हैं। दिख रहा है सर और इसके बाद हम इस वाले पार्ट को छोटा कर फिर हम अपने इसको बड़ा करते हैं और फिर इसको भी सेम फॉर्मेट यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेकर पेंट कर सकते हैं राइट सर ठीक अब ये फालतू जगह है उसको हम बाद में देखेंगे उसके बाद हम यहां से एक लाइन छोड़े और ईमेलों के लिए ईमेल का भी साइज उतना ही बड़ा रखेंगे ईमेल का और ईमेल के लिए इसको हम बड़ा कर देते हैं इसकी जो बॉर्डर है ना इसकी बॉर्डर हम यहाँ सिर्फ ऊपर में रखेंगे बीच में बॉर्डर नहीं रखेंगे और कलर जो है हम सेम रखते हैं और ये वाली बॉर्डर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा और सेम हमारा पासवर्ड के लिए भी सेम सेम चीज़ है यहाँ पे इसको भी हम बड़ा करते हैं और पासवर्ड का भी हम ऊपर का जो फॉर्मेटिंग है इसी को हम फॉर्मेट प्रिंट से नीचे प्रिंट कर देते हैं पासवर्ड आ गया अब आता है कन्फॉर्म पासवर्ड तो एक लाइन छोड़ते एक लाइन यहाँ से आ, इसको भी सेम उठाते हैं और एक लाइन छोड़ कर तेरह छोड़कर चौदह आगे तेरह छोड़ दिया हमने चौदह चौदह पे भी सेम कर देते हैं और इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है सर थोड़ा उसके बाद यहाँ हमारा चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स के लिए हम यहाँ डेवलपर्ड में आते हैं और यहाँ से हम चेक बॉक्स ले सकते हैं इतना छोटा छोटे इसको डिलीक कर देते हैं ठीक है लेकिन हम इसमें आ, इसको इसको टाइप करना पड़ेगा आई अभी सबसे सही करेंगे चेकबॉक्स को आई एस एप द टर्म ऑफ यूसेज यूज यूज एंड लेकिन ये चीज यहां आ गया ये चीज हमें आना चाहिए तो हमारे पास एक इलेन yes. ऑप्शन होता है समझे के से से से से से से से से थोड़ा सा हटा देते और फिर ये जो हमने लिया हुआ है ना इसको अपने हिसाब एरो एरो एरो की से से से की जगह पे माउस माउस करना तो तो राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कंट्रोल में गया और इसको थ्री कर देता हूँ थ्री करने पे क्या होगा कि इस तरह से थ्री इफेक्ट में आ जाए ठीक है तो फॉर्मेट कंट्रोल में हम इसके लिए इसका यूज करते हैं कलर्स के लिए कलर या नो है no है तो तो एक बार उसको ग्रे हैं ठीक है, फिर ना। उसके बाद रजिस्टर के लिए हम यहाँ से न्यू इंसर्ट करते हैं और पिक्चर्स सैप्स सॉरी लेते हैं और यहां से हम को हैं इसमें हम इसको ले लेते हैं लेकिन इस तरह का नहीं बना हुआ है तो यहां हा अब इस तरह से सेम है इसमें ले लेते हैं रजिस्टर नाउ उसके बाद हम यहाँ होम पे आते हैं इसको मिडल करते हैं और इसकी साइज को हम बढ़ाते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है सर अब नीचे जो इतना सारा फालतू स्पेस बचा है उसको हम करते हैं डिलीट और डिलीट करते हैं। और फिर में से यहाँ पे देते हैं ऑल So रेडी है इसको करना है हमें अंडरलाइन गोल्ड और अंडरलाइन और इसकी कलर करनी है हमें व्हाइट अब जो यहां फालतू का इधर भी स्पेस है इसको भी तो हमें रिमूव करना होगा ठीक है सर सा? थोड़ा सा इसको हमें छोटा कीजिए और यहाँ इसको छोटा कीजिए नहीं करना हो है लग रहा सर हाँ ठीक है थोड़ा सा ये जो है हमको लग रहा है बड़ा इसकी साइज बड़ा लग रहा है हो गया अब इसमें तो चलो ठीक है अब हो गया अब इसमें कुछ काम है सबसे पहला काम इसमें यह है कि आपको यहां जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है ना सर हेलो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है हाँ तो वो कैसे आएगा यहां पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ कैसे आएगा लास्ट नेम लिखा हुआ कैसे आएगा इसके लिए जो बगल में आपको यहां दिख रहा है ना इस पर करेंगे हम पे हम लिखते हैं पे फर्स्ट फर्स्ट नेम पर प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट नेम जो हमने लिखा वो आगे कैसे दिखेगा सबसे पहले इसको हम सेंट्रल करते हैं और इंडेन हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया इस क्वेश्चन इस से इसकी पोजीशन को सेट करेंगे और इसकी कलर करते हैं हम ग्रे उसके पहले वाले सेल में लिखने से इधर मूव हो गया हाँ, है ना के कुछ भी लिखते हैं ना आप जहाँ पोजिशन करना वहां पोजीशन कर सकते हैं अब इसमें हमें स्टार्टिंग इस जो ब्राइकेट है ना सर वो तो गायब हो गया ना इसमें तो मैं क्या करवाऊं कि इस अभी इसको इसका भी इलाज हम करेंगे चिंता मत कीजिए लिए यहाँ एक और रो हमें इंसर्ट करना होगा और इसको फॉर्मेट जो यहाँ है सेम फॉर्मेट हम यहाँ डालते हैं इसको और छोटा यहाँ पे स्पेस के लिए इसमें हमारा मजा आता है लास्ट नेम और इसको भी जो है हम ऊपर में आ, सेंट्रल, सेंट्रल इसको इसको हमने ऊपर कर दिए कलर ग्रे कर दिया और इंडेंट से हमने इसको यहाँ पे पैलेस कर दिया बोल्ड करना है हमें बोल्ड कर देते हैं इसको भी बोल्ड कर देते हैं उसके बाद यहाँ आता ईमेल आईडी ईमेल ईमेल सेम हमने इसको सेंट्रल किया और हम इसको यहीं पे पैलेस कर देते हैं यहाँ से इंडे और इसको भी ग्रे बोल ईमेल के बाद यहाँ आता है पासवर्ड पासवर्ड और पासवर्ड को भी हम यहाँ से ग्रे बोल और मिडल और यहाँ से इसको जगह पे हम इसको डाल देते हैं राइट right. और यहां हो जाता है हमारा कंफर्म पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को भी मिडल ग्रे एंड बोल्ड और इन नेम से इसका लोकेशन हमें डाल देगा अब तो सही है लेकिन सबका स्टार्टिंग में जो बॉर्डर है ना वो हटेगा वो हटेगा हटे क्योंकि इसके यहां पे हमें टाइप कर रखा है अब इससे फायदा क्या पता है सर आपको जैसे मैं यहाँ पे पूजा लिखूंगा तो पूजा दिख रहा दिख रहा है समझे सर हाँ। कि हाँ। नहीं पूजा लिखा तो रह गया हाँ जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ तो कर्सर रखा और जैसे मैंने यहाँ पे उदय लिखा तो हमारा लास्ट नेम नेम हट हट गया गया ना गया ना दिख रहा ना सर सर फर्स्ट नहीं दिख दिख रहा रहा है है जैसे मैं उदय को डिलीट वापस दिखेगा दिखेगा पे मैंने ओम लिखा फिर जैसे ओम को डिलीट किया दिख गया ऐसे ईमेल आईडी आई डी में लिखा, कुछ लिखाई जैसे मैंने वापस आ गया तो बेसिकली क्या है कि हम टाइप इसमें कर रहे हैं लेकिन जो ये टेक्स्ट है इससे पहले वाले सेल में और इस पहले वाले सेल को मैं बहुत ही छोटा कर देता हूं जो दिखे ही ना ठीक है और इस पे हम फॉर्मेट क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है तो फॉर्मेट में जाते हैं बॉर्डर में जाते हैं और हम इसको बस ए वाली बॉर्डर टूटो वाली बॉर्डर नीचे वाली बॉर्डर लगा देते हैं और जो बीच वाली बॉर्डर है इसको हटा देते ठीक है हो गया सर हो गया, हाँ इसलिए भी हम F4 करते हैं F4 क्या करता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है तो एक में लगाया F4 कर दिया और यहां भी हमें F4 करना होगा और इसकी जो है इतना छोटा कर देता हूं इसको भी जो पता ना चले कि इसके अंदर कोई सेल भी है बट बॉर्डर दिखेगा ठीक है ठीक अब इसकी जो है अब जो हर जो सेल था सबको सेंट्रल में एंड टॉप में कर देता हूँ सेंट्रल टॉप और इसको कर देता हूं मैं बोल्ड एंड ब्लैक जो हमारा कलर है ब्लैक इसको भी कर देता हूँ बोल्ड। ईमेल आईडी को भी सेम इसको भी कर देता हूं बोल्ड और सेंट्रल अब यहाँ पे पासवर्ड पे यहाँ पे है पासवर्ड पे क्या है कि पासवर्ड में चाहता हूं कि कुछ भी टाइप हो अब इसको मर्ज अगर गायब हो जाएगा सो यहां नहीं है राइट सरेंगे तो नहीं, नहीं मर्ज नहीं करना यही पे यही पे क्लिक लिख लेंगे ना अब यही पे लिखेंगे तो लंबा हवा तो यहां तक लिख ही जाएगा ना आगे तक ठीक है अब इसमें अगला ऑप्शन आता है पासवर्ड कि मैं कुछ भी पासवर्ड लिखूं तो वो क्या हो जाए स्टार में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे इसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे और यहां पर जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने क्या किया था हमने दो स्टार डाल दिए थे पर दो स्टार डालने सिर्फ नंबर हुआ टैक्स नहीं होता था टैक्स नहीं होता था ना सर तो टैक्स के लिए हमें स्टार नहीं हमें दो दो स्टार तो डालने हैं लेकिन वो जो बताया था ना पॉजिटिव निगेटिव और वाला जो हमने जैसैप्ट बताया था उसको फॉलो करते हुए भी आए तो यहाँ पे दिखे और फिर जीरो आया और फिर यहां पर राइट तो right? अब एक चीज भी हम यहां एफ फोर से अप्लाई कर देते हैं। तो पे कोई पासवर्ड डालेगा और जैसे एंटर मारेगा डैश जाएगा चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो या नंबर टेक्स्ट दोनों समझे तो हमारा फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हुआ अब मैं इस पर यहाँ से डिलीट कर देता हूं और यहाँ हम इसको बाकी जो फालतू के एरिया बचे हैं इसको यहां पे हम कर देते हैं हाइड और नीचे का भी जो फालतू एरिया है उसको भी सिलेक्ट करके कर देते हैं हाइड। तो अब क्या हुआ कि इस सीट पे आपका उतना ही डेटा दिखेगा जितना डेटा आपका है फॉर्म में अब इसकी मदद से आप बोले बेनिफिट क्या, क्या है अब आगे जो वी, वी प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोग सीखेंगे तो इस वी, वी, वी प्रोग्रामिंग में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम बटन से क्लिक कनेक्ट करते हैं कि मैं यहां पे कुछ भी टाइप करें और रजिस्टर पे क्लिक करें तो एक अलग सीट के डेटा सीट पे वो जाके हो जाए आपका सेव हो जाए तो ये चीज वी, वी प्रोग्रामिंग में है तो प्रोग्रामिंग जब आगे की आए टॉपिक आपकी आएगी तो उसमें आप चीज को सीखेंगे लेकिन मस्ट वीवी वी प्रोग्रामिंग हम तभी करेंगे ना जब इसमें करेंगे अब इसमें एक चीज और भी है हम कंट्रोल प्रेस करके हमने क्या किया अपने उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया जहां हमें टाइप करना है तो फिर राइट क्लिक करके हम चल जाएंगे फॉर्मेड सेल में और इस फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में हम कर देंगे लॉक्ट को राइट right, सर अब पासवर्ड देते हैं हमें के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ लॉक्ड सेल है को कर देते हैं और एडिट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देते हैं ताकि हम इस बटन वगैरह पे क्लिक कर सके एंड ओके अब देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा पूजा टाइप किया और टाइप दिया अगला गया पूजा सिंह एंटरप्रेस किया ईमेल आया और इस ईमेल आई डी में, में डाला डाला वन टू तो थ्री फोर फाइव वन टू तो थ्री फोर फाइव उसके बाद असेप्ट फॉर्म कितना बी एफ कर रहा है Hmm. चलिए इसी, इसी तरह का हमारा एक एक ये होता है जो अभी आप देख रहे हैं ना सर तरह hmm. तरह का इसी तरह का इसी हमारा स्ट्रक्चर होते हैं डिजाइन होते हैं फिनिशिंग होता है अब इस प्रोजेक्ट को किसी को भी दिखाओगे देखा है कि जिसने बनाया है अच्छा में आ, में में में पे पे पे करेंगे एक्सेल दूसरी जगह डाटा दूसरे दूसरे फाइल एक्सेस ठीक है जाओ अच्छा। जहां से ये, ये बीआई क्या बी बी होता है इसलिए बहुत सारे अपलोड किया है यूट्यूब पे देख लीजिए ना है। है। तो भी, भी मतलब ए, नहीं, नहीं में बहुत सारे ठीक है हाँ, अभी अब तत्काल में क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट को क्विकली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और स्कोपिंग यूज कर लीजिए अभी दस में से चार पांच वैकेंसी में पावर बी आई का डिमांड है, यह है पावर इसमें आप क्विकली रिपोर्ट बना सकते हैं इसमें बहुत सारे डेटाबेसिस को कनेक्ट करके रिपोर्ट बना सकते हैं ठीक है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए फॉर्म की कुछ और फॉर्म बनाने की कोशिश की जैसे मैंने बनाया है परफेक्शन की तरफ उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं राइट देखिए इस तरह का रिपोर्ट बनता है पावर भी आई है और पावर वी आई में कुछ इस तरह के